हेलो गाइज मेरा नाम है सुमिता आप देख रहे हैं देसी रंडो लोड यूट्यूब चैनल गाइज़ आज मैं आपको फ्री फायर ओपन ना होने की प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ गाइज़ सुबह से ही मतलब कि सुबह से ही फ्री फायर ओपन नहीं हो रहा है मतलब कि सुबह से मेरा फ्री फायर ओपन नहीं हो रहा है कि मैं इस इस बात की प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ मैं आपको ये किस लिए हो रहा है वगैरह वगैरह ये ऐसा बिल्कुल भी, भी नहीं है जैसे मैं अपनी फ्री फायर ओपन करता हूँ मेरा फ्री फायर ओपन होने लग रहा है तो ओपन हो रहा है है। देखो वैसे तो आपका नेटवर्क बिल्कुल सही फिर भी आपका ये एरर आ रहा है ना तो मैं इसकी वजह बताता ये जो फ्री फायर ना फ्री फायर की, की। जो सर्वर है ना सर्वर डाउन है मतलब कि ये सर्वर डाउन है वही देखो मैं वापस से भी लोग इनके लिए देखता हूँ ये होगा नहीं लोगों वो इसका सिर्फ और सिर्फ यही कह चुका है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है इसकी कोई भी आएगी न्यूज मतलब लगे इसको चलाने के लिए तो मैं आपको बता दूँगा ग्रेज़ अभी के लिए बाय बाय टाटा मिलते हैं किसी ऐसे में हम के साथ बाय बाय सब्सक्राइब कर कर देना तो आपको बता दूंगा नेट रीडियो में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करके रखना है जो न्यू पिता है कोई भी तो मैं आपको बता दूँगा बाई